बनाऊंगी एक न्यू स्टाइल के पेंच तो फिर देखते हैं हैं कि कैसे बनाते हैं हमारे न्यू स्टाइल के पेंच ये मैंने मैंने आलू लिया है अच्छे से धो दिया है अब मैं इसके छिलके निकाल दूंगी और इसे पेंच के तरह कट कर लेती हूँ देखो अब मैंने इसे अच्छे से कट कर लिया है अब मैं इन्हें एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ ये अब देखो अब मैं इसमें एक टीस्पून नमक ऐड करूँगी देखो अब मैं इसमें एक टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ अभी मैं इसमें जो पानी आता है वो मैं इस बाउल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ मैं इसमें सिर्फ नमक ही नहीं और कुछ मसाले भी ऐड करूँगी ये हल्दी है मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी देखो अब मैं इसमें हाफ चम्मच डालूँगी हल्दी अब मैं लूँगी वन फोर्थ चम्मच तीखा लाल ये है मैगी मसाला या मैजिक अब मैं इसे भी ऐड कर रही हूँ मैं आधा चम्मच ले रही हूँ मैगी मसाला या मैजिक आप एक चम्मच भी ले सकते हैं अभी मैं ये अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ये देखो मैंने अच्छे से अभी मिक्स कर लिया है अभी मैं इसे डीप फ्राई करूँगी देखो अब मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है हम इसे मीडियम फ्लेम पे रख देंगे पाँच से दस मिनट के लिए हम गरम होने तक वेट करेंगे ये देखो अब मैंने तेल के लिए डाल दिया है। है। हमें ये हल्का हल्का आने तक करते रहना है। देखो अभी हल्का कलर आ रहा है इसे देखो अब ब्राउनिश कलर आ चुका है अब मैं इसे निकाल देती हूँ रेडी टू सर्व अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक शेयर और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें